तो हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे मैं के संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों और तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि मैं बारह पुल्ला इस पर हूँ अभी और देख सकते हो ये बन रही है दिल्ली मेरठ आर कॉरिडोर जो कि आपको बता दूं कि इस साइड में तो सराई कहा है दोस्तों और देख सकते हो सारे पीयर बन चुके हैं पीयर कैप के साथ में एक ये पीयर कैप बनाने के लिए बचा और बीच वाला जो पिलर है देखो उस पर बनना स्टार्ट हो चुका है ये देख सकते हो आप लोग तस्वीरें देखो ये सारा कंस्ट्रक्शन का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है ये ही जोड़ा जाता है एक एक करके अभी ये दोनों पिलर एक साथ जोड़े जाएंगे दोस्तों ये और देखो ये बन चुका है और जो कंपनी यहाँ पर बर्क कर रही है वो एफकॉन्स और दिखाते हैं आपको चल के सराय काले खां का सरायकाल ख में कितना कुछ वर्क चल रहा है अभी क्या क्या वर्क चल रहा है तो ये है यहाँ के नज़ारे दोस्तों बारह के अब चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को इसके पीछे से लाइन आ रही है देखो वो जा रही है देखो वो दिखाई दे रही है आपको सभी को तो ये वर्क चल रहा है और आप देख सकते हो इसका जो कौन कौच लेवल का काम है दोस्तों फ्राई काले का उस पर देखो फ्लोरिंग का काम आप करना स्टार्ट कर दिया है और जितने भी ये पियर है दोस्तों इनपे देख सकते हो ये लोहे का ये देखो ये फ्रेम बना के अब इसमें बस कंक्रीट से भरा जाएगा दोस्तों इसमें कंक्रीट भर देने के बाद में फिर ये कंप्लीट हो जाएगा देख सकते हो आप लोग तस्वीरें ये है सरायकाले खान निजामुद्दीन स्टेशन का नज़ारा दोस्तों अभी तो पियर बन ही रहे हैं सारे में ही ये देखो इसमें मेट्रो भी है रेलवे स्टेशन भी है और अब ये आर आर टी एस भी बन जाएगी दोस्तों तो सीन आप लोग देख सकते हो ये है कुछ शरायकाल खांहली मेरठ आर आर टी एस के नज़ारे दोस्तों शरायकाल ख में देखो कौन कौस्ट लेवल तो इसका बन चुका है और अब ये सेकंड लेवल की फ्लोरिंग का, का काम चलने लगा है दोस्तों ये देख सकते हो आप लोग और इधर की साइड में ये एक फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है इस साइड में दोस्तों देखो अभी ये पियर बनाने का काम चल रहा है ये किस तरीके से पियर बनाते हैं आप लोग देख सकते हो तस्वीरें यह है सराय काले खां काफी टाइम के बाद आप सभी के बीच में मैं आ पाया हूं कुछ इस तरीके से बना रहे हैं और ये कौन कौन लेवल की जो फ्लोरिंग का काम था वो हो चुका है अब सेकंड लेवल पर बन रहा है जिसमें और आई टी एस दौड़ेगी दोस्तों तो ये बार्क चल रहा है और देखो यहाँ पर ये ईटे भी लगाने का काम चल रहा है कौन कौन इस लेवल पर दोस्तों क्योंकि ये सबसे लास्ट में काम स्टार्ट हुआ था इस साइड में तो देख सकते हो सारे पियर अभी आधे पियर बन चुके हैं आधे नहीं बने हैं देख सकते हो जो कौन कौन लेवल का वो आधे बन गए थे और आधे अब बनाए जा रहे हैं दोस्तों ये देखो और इन पर आप जोड़ने का भी काम चल रहा है और बहुत जल्दी इनपे फ्लोरिंग का काम भी कर लिया जाएगा आप लोग देख सकते हो तस्वीर है दोस्तों ये बार्क चल रहा है यहां पे। देखो सारे पियर बनाने का ही काम चल रहा है अभी इस टाइम पे ये जरा क्या खान आर आर टी एस के स्टेशन पर दोस्तों तो यार अभी इनके पियर कैप भी बनेंगे फिर इस तरीके से जोड़ा जाएगा देखो वो पियर जोड़ दिया है ना इसी तरीके से जोड़े जाएंगे तो आगे काफी लंबा चौड़ा है देख सकते हो कि इधर के ये बन चुके हैं ये सबसे लास्ट में ही काम हुआ था और इनका काम हो गया इधर की साइड में देखो अभी ये पियर बचे हुए हैं ये पियर बचे हुए बेस्ट ऑफ पार्क तो ये बारे पिला रहे हैं देखो ये बन के बिल्कुल कंप्लीट हो गए दोस्तों बस ये जो का स्टेशन है बस यहीं तक है इसके एंड हो जाता है ये पीआर लास्ट वाला ये और आप बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा जा से जल्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के संत के चैनल पर दोस्तों तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गज मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से दोस्तों